वेलकम टू माइनिंग ब्लॉग और हमारे गांव में समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो एक कार्यक्रम चल रहा है जो आपके सरकार आप कार्यक्रम है उसमें जबरदस्त तो, प्रोग्राम के द्वारा लोगों को बताया गया है क्या क्या चला पराई चला